इस गाने का नाम पहले खराब है है केयर गाना भी छोटा बेटा लाडला बेटा अरे शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया इसीलिए आज खुशी से मनाया है इसी बीर तो किसे भगवान न था उस जो मेरी बात सुनता ध्यान कर लियो सचा की तो लड़ लियो पर अपनी बीरबानी बीरबानी है ना कत्ती भाई हाथ की है ना कैसे ये <laughs> बात हो ये